पक्षियों के लिए और नाम जो बधिक समान हो जी भगवान शिव भी उसी नाम को जप रहे हैं उसमें कोई नहीं लगा है इसमें चिंता करने की बात नहीं है हाँ सब लोग इसी करिए लोमस ऋषि भी इसी मंत्र को दिए थे ना? हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ ने, जी ने, जी ने कहा है जी ठीक है पर पर पर हाँ, कंट्रोल जी जी जी कैसे करना चाहिए बोलकर बाबा इसके बाद चलेंगे उस पर नहीं तो इसी हु, <laughs> जिस से के कहने से किसी का आर्थिक नुकसान ना हो शारीरिक नुकसान ना हो मानसिक नुकसान ना हो यही बाड़ी जो संयमित बाड़ी है जिस बाणी के बोलने से हम कुछ ऐसी बात न बोल दे हमारे बात से उसको इतना आघात लगे कि आत्महत्या कर ले किसी का आर्थिक नुकसान हो जाए किसी को मानसिक पीड़ा हो या हमको नहीं करना चाहिए या जो बात दूसरे के बोलने से हमको तकलीफ होती है तो हमको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए अगर हम बोलेंगे तो दूसरे को उसको भी तकलीफ होगा यही बारी का संयम है हम करें। अब कंट्रोल करने का तो जैसे कि अब हम समझ कुछ कह देते मतलब हैं हाँ ये क्रोध ना आवेदन जी किसी को हम कर दें, जी तो कर दें, कर अब इससे बचने के लिए जो है शास्त्र अध्ययन चाहिए सत्संग चाहिए क्योंकि कबीरदास जी कहे जो तो को काटा हुआ है ताे दो तो फूल तो फूल को फूल है वाको है त्रिशुल अब ऐसे समझ लीजिए कि यह संसार हम लोगों के अच्छे बुरे कर्मों का एक साधन है इस संसार के माध्यम से हम जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छा कर्म कर रहे हैं बुरा कर्म कर रहे हैं वह अपने लिए कर रहे हैं और अपने साथ कर रहे हैं अब इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण चाहिए अभी बात पूरा क्लियर नहीं हो पाई नहीं, नहीं क्लियर हो पाई अब अभी उदाहरण चाहिए इस उदाहरण के माध्यम से यह बात स्पष्ट होगी आपका बड़ा लंबा क्षेत्र है बहुत जगह घूमते हैं बहुत समाज को देखे हैं जब सगे भाइयों का जब आपसी विवाद होता है बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है संपत्ति को लेकर तुतुमय होता है उसमें गाली गलौज भी होता है तो एक भाई दूसरे एक भाई के माध्यम से जो मां बहन को गाली दे रहा है वो किसको दे रहा है भाई सगे भाइयों में तो मां बहन एक ही ना है अपने ही दे रहे हैं ना तो उस समय क्या उसको ज्ञान है नहीं ज्ञान है क्रोध के मूल में भी अज्ञान होता है क्रोध के मूल में भी अज्ञान होता है मोह के मूल में भी अज्ञान होता है आसक्ति के मोह में भी अज्ञान होता है तो अज्ञान बस अपने को नगाली दे रहा है वह भाई एक निमित्त बनाना माध्यम बनाना तो इसी तरह ईश्वर के व्यापक व्यवस्था में हम लोग भिन्न भिन्न जाति पात पंथ संप्रदाय में होकर भी हम सब लोग एक ही हैं जैसे एक छोटी व्यवस्था में एक पिता के चार हैं चारों एक ही हैं लेकिन एक समय आने पर भ्रम बस लगा कि नहीं हम लोग अलग अलग हैं तब न ऐसी स्थिति बनी इस विवेक के साथ क्रोध पर विजय पाया जा सकता है क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसी कर्मवाग ना हमको परिणाम मिलता है जब हम क्रोध कर रहे हैं क्रोध में कुछ कर रहे हैं तो वापस हमको मिलेगा बचने का यही उपाय है विकारों पर विजय पाने का यही उपाय है हा जी बस कुटुंब मतलब कि यही इसी ने पूरा संसार ही कुटुंब है एक परमात्मा से ही है सब में वही परमात्मा है उत्तरकांड में एक चौपाई कहे बिन विज्ञान की समता आवे जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा विशेष ज्ञान मतलब परमात्मा ज्ञान कि सब में वही है वो सत्संग तो भजन से होगा, से, ध्यान से होगा। <coughs> इसी बात को अंगद वहाँ लंका से कह रहे हैं अरे रावण से करे लंका में कहे कि सुनसठ भेद होय मन जाके श्री रघुवीर हृदय नहीं ताकि जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है जिसको या तो जिसको परमात्मा का बोध नहीं है वही ऐसा जो है करेगा दूसरे के साथ भेद रखेगा राग देश रखेगा कपट करेगा छल करेगा जिसको ज्ञान है ऐसा कर्म कदाप नहीं करेगा और संकट सह लेगा लेकिन ऐसा नहीं करेगा वह जी।, जी फिर हमारे आपके वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म के ही द्वारा हमारे आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है कहते नहीं जो कर्म है सब जो कर्म कर रहे हैं संसार के माध्यम सब अपने लिए कर रहे हैं जिसको ज्ञान है वो इससे बचते हैं अपमान भी सह लेते हैं समाज में गाली भी सुन लेते हैं चूंकि उनको ज्ञान है एक महात्मा जा रहे थे इसे परमहंस की स्थिति थी एक मनचला व्यक्ति सामने से आया महात्मा को बहुत गाली दिया क्योंकि महात्मा की स्थिति अच्छी थी उनको ज्ञान था अपना मस्ती में चले जा रहे थे रुके भी नहीं एक एक क्षण भी उलट के उसके तरफ नहीं देखे तो सोचने लगा कि महात्मा को इतना गाली दिए महात्मा कुछ नहीं बोला फिर वापस गया <coughs> <coughs> महात्मा से पूछा रोक कर कि हमने आपको गाली दिया लेकिन आप कुछ बोले नहीं कहें किसको गाली दिया जो तुम हो वही मैं हूं इसलिए तुम अपने गाली दी हमको तो गाली दिए नहीं अपना कहकर चल दिए <coughs> फिर उनको <उन्हों> जाकर रोका <coughs> कि कैसे जो आप है वही हम हैं कहे जिस पंचभूत से छिज्जल पावा गगन समीरा इसी से तुम्हारे शरीर की रचना है उसी से हमारे शरीर की रचना है जो आत्मा तुम्हारे में है वही आत्मा हमारे में है इसलिए हमारे तुम्हारे में तो कोई अंतर नहीं है हम तो तुम्हारे गाली के एक माध्यम बने तू अपने को हमारे माध्यम से खुदक गलिया रहे हो तो वही बात समझाए समझ में आ गया उनके चौड़ों पर गिर जिनकी अब देख लीजिए इसे कि जिनको ज्ञान है बोध है क्योंकि कहा गया कि ईश्वर खुदा करें कि एको हम बहुत श्यामी मैं एक ही बहुत रूपों में हूं हम एक ही जो है अनेक रूपों में हैं और ईश्वर ईश्वर की व्यापकता जो बताई गई वह प्राणी मात्र में भी बताई जा रही है ईश्वर सर्वभूत में ही तो जिनको ज्ञान है वो तो प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन कर रहा है भागवत गीता में भी कहे बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानमान प्रबद्धनते वासदेवस्तर मिति सब महात्मा दुर्लभ है बहु जन्मों के जब ज्ञान होता है तब वह सब में परमात्मा को देखता है का घुसुंडी जी वो अपने प्रसंग में कह रहे हैं जब लोमसि के संवाद में कि निज प्रभ मैं देखे जगत कासन करूं विरोध वो स्वामी जी भी कह रहे हैं सियाराम राम में सब्जेक्ट जानी करूँ प्राम जो जुग पानी तो जिनको ज्ञान है इस संसार को ईश्वर में देख रहे हैं ईश्वर को ईश्वर के रूप स्वरूप में देख रहे हैं लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है हम खास कर अपना ही कह सकते हैं दुर्भाग्य है उस परमात्मा को जीव रूप में देख रहे हैं उसके साथ कपट कर रहे हैं भेद रख रहे हैं दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसी परमात्मा फिर कल्याण भी चाह रहे हैं सब में परमात्मा की तो सत्ता है। अस प्रभु हृदय असत अधिकारी उस परमात्मा को जीव समझ के उसके साथ तमाम दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं उसी से कल्याण के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं तब तो... इसलिए जीवन में सत्संग पढ़े लिखे तो शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है उसके बिना इस संसार के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना जा सकता है नहीं समझा जा सकता है जब वो तो सारी बातें समझ में नहीं आएगी तब तक तो हम लोगों का जीवन आसान नहीं होगा इसमें तो प्राय सब लोग पढ़े लिखे हैं और हमको लगता है कि भविष्य को लेकर हर आदमी परेशान है कि भविष्य कैसे अच्छे भविष्य का निर्माण किया जाए कैसे अच्छे भविष्य को बनाया जाए अगर समझा जाए किसी से पूछा ही जाए कि भविष्य क्या है उसकी समय सीमा कहाँ है कहाँ से शुरू होकर कहाँ अंत होता है तो शायद बहुत पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं उसको बता पाएगा वह वही बता पाएगा जो शास्त्रों के संपर्क में होगा जो शास्त्रों का अध्ययन करता होगा इससे दूर रहकर वह नहीं जान पाएगा प्राय लोग यही अर्थ लगाए हैं इस वर्तमान के के जीवन का जो शेष समय है मतलब आज के बाद मरने के बीच का जो समय वो भविष्य है यही यही अर्थ समान सब लगाए हैं समझ लोल जा मतलब कि बुद्धि का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं और भविष्य को हम जान भी नहीं रहे हैं तो हम भविष्य का सुधार क्या करेंगे कैसे सुधार करेंगे जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कहे जन्म से मृत्यु तक जन्म से मृत्यु तक के बीच का समय जो है वह वर्तमान है कहे की जन्म थी बिन्दा लिखो छठी रात यंग, राई घटे राय तिलबड़े निलबड़े रौरेजिया निशंक तो जन्म से मृत्यु तक वर्तमान है ये बीच में सब निश्चित है हानिला भी निश्चित है इसीलिए कह रहे हैं कि राई घटे तिलबड़े रोहरे जिया निशंक मतलब मृत्यु भी निश्चित है यह भी कहा जा रहा है तो फिर ये भविष्य कैसे होगा तो कहे मृत्यु के बाद का जो समय है वह भविष्य है उस भविष्य के निर्माण का आधार यह वर्तमान है यह वर्तमान का कर्म उस भविष्य का आधार है ज, जो कर्म समय हो रहे हैं जिस भाव में उसी के अनुसार हमारे आपके भविष्य का निर्माण होगा तब बिना शास्त्र अध्ययन कैसे संभव है कैसे जाना जा सकता है भविष्य कैसे बनता है संस्कार कैसे बनता है स्वभाव कहां से आता है यह सब अध्ययन से ही पता चलेगा सत्संग से ही पता चलेगा कि संस्कार कैसे बनता है संस्कार कहां से आता है स्वभाव कहां से आता है कैसे बनता है यह सब अध्ययन ही बताएगा सत्संग ही बताएगा इसलिए जीवन में सत्संग अध्ययन का बहुत बड़ा महत्व है इसे दूर रहकर कमाना खाना एक अलग बात है कमा खा सकते हैं लेकिन सुख का शांति का आनंद का जीवन नहीं जिया जा सकता है. जी ज्ञान बस मुसी को लगा उसी है जी, जी, जी सही लगा अब जैसे मान लो ये पक्का है झाड़ू मार के पोछा लगा दिए फिर इसी पर झाड़ू मारेंगे जिसमें क्या कचाल निकलेगा झाड़ू मार के पोछा लगा के फिर झाड़ू मारेंगे जिसमें कुछ कचाल निकलेगा तो जो जो निश्चित है उस सोच में हमारा करना हमारा कर्म करना वो निरर्थक है लेकिन अज्ञान बस उसी को परेशान है उस समय हमारे परेशानी का कारण हमारा अज्ञान है उससे उस कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है प्रमाण स्वरूप अब राजा दशरथ किस ना हम लोग समान हैं न उनके जैसे पूरे आत्मा ही है उनके यहां परमात्मा पुत्र रूप में आए पैदा हुए राजा दशरथ अपने दुख को टालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन राम बन को चले गए उनकी दरखास्त खारिज हो गई दशरथ की मृत्यु हो गई जब ऐसा व्यक्ति उस परिणाम को नहीं रोक पाया जिसके यहाँ परमात्मा पुत्र रूप में आए हैं जो इतना पुरात्मा है तो हमारा आपका बात कहाँ सुना जाएगा इसलिए शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए और अध्ययन का दृष्टिकोण आना चाहिए कि हम कैसे इसका अध्ययन करें कि इसकी जो इसमें जो आ, मतलब कि गुड़ बातें हैं रहस्य भरी बातें हैं वो हमारे समझ में आ जाए अब उसमें एक प्रश्न भी बन सकता है कि जब सब निश्चित है तो हम वर्तमान में कर्म क्यों करें ऐसा एक मन में प्रश्न भी बन सकता है भागवत गीता में कहे कि बिना कर्म किए कोई एक क्षण नहीं रह सकता है आप हाथ पैर बांध के बैठ सकते हैं मुंह को सीकर बैठ सकते हैं टाका मरवाकर लगवाकर लेकिन मन को क्या करेगा मन तो अति सूक्ष्म है कर्म करने का तीन साधन है मनसा बाचा कर्मड़ा तो बाणी को रोक सकते हैं शरीर को रोक सकते हैं लेकिन मन को कैसे रोकेंगे तो मन तो अपना काम करेगा ही करेगा तो कहे अगर व्यक्ति कहे कि अगर व्यक्ति न भी करना चाहे तो तो कहे कि यह जीव जो प्रारब्ध संचित बस प्रारब्ध और संचित बस जो स्वभाव लेकर आया है जो संस्कार लेकर आया है उसका स्वभाव उसका संस्कार उसको मजबूर कर देगा कर्म करने के लिए वह बाध्य होकर कर्म करेगा अब इसका और अच्छी तरह से ज्ञान करने के लिए आप जिस समाज में रहते हैं कभी कभी ऐसे जीवन में तमाम परिस्थितियां आई होगी कि न चाह कर भी संगसाथ की वजह से उस कर्म को करना पड़ा होगा न चाहते हुए भी तो उसी तरह हम कर्म करना न भी चाहें हमारा स्वभाव हमारा संस्कार प्रेरित करके कर्म करवाएगा ही हम मजबूर होकर कर्म करेंगे क्योंकि कर्म करवाने वाला कोई और है कबीरदास जी कहे कि बैठा है घर बीतना बैठा है साचेत जब जैसा गज चाहता तब तैसा मत दे हम लोग तो कठपुतली की तरह हैं हम लोगों को और नचा रहा है लेकिन हम लोग दुर्भाग्यवश अज्ञान बस अपनी एक सत्ता मानकर नाच तो रहे हैं लेकिन अपनी सत्ता मानकर नाच रहे हैं अपना प्रभाव मानकर हम कर रहे हैं तभी हो रहा है लेकिन ये सच्चाई नहीं है नचाने वाला कोई और है नर भरकटी नचावत राम गावत। है सभी नचावत राम का उमादार की नाई सभी नचावत राम गोसाई जी उस नचाने वालों को समझना है, है? जी। हाँ जैसे जी का करतर बराबर शाखा जी गुरुवर दिया कर्म प्रधान विश्व कर गाथा जी जो जस करै सुत फल चाख जी कर्म को कर्म की प्रधानता हमने मानिए तो कर्म प्रधान है जी ये एक एक एक तरह उन्होंने केवल ईश्वर पर ही छोड़ दिया वहीं है जी वही है वह जो राम रचना जी का करतर बढ़ा वैसा का जी ये दोनों चौपाई जिसे बड़ा विरोधाभास कर विरोधाभास नहीं है दोनों एक ही है वह हमारे समझ के अभाव में इसमें विरोधाभास दिख रहा है पहली बात तो ये है कि ये चौपाई आप कह सकते हैं कि कर्म प्रधान विश्व राखा जो जस्कर लेकिन जो दूसरा आप कहे वो ऐसा नहीं है और चौपाई है कि राम कीन चाहे सो होई करे अन्यथा अस नहीं कोई जी वो ऐसे है वो कि राम कीन चाहे सो होई करे अन्यथा अस नहीं कोई इसमें विरोधाभास नहीं है उसको ऐसे समझिए आप इस संसार में जो भी कर्म हो रहे हैं जो भी घटनाएं घट रही हैं सब ईश्वर इच्छा से उनके इच्छा के बिना उनके इच्छा के बिना जो है पत्ता भी नहीं हिल सकता है अगर इसका आप सटीक बोध करना चाहें जितने ग्रंथ हम लोगों के हैं हर ग्रंथों में जो कलयुग का वर्णन है कलयुग वर्ण उसको आप उठाकर पढ़ लीजिए कलयुग की सारी घटनाएं पहले से उसमें बढ़ती हैं द्वापर है कि नहीं अब काघ हुसुंडी जी जब गुरु जी को अपनी मतलब कथा सुनाने लगे उनके मोह के निवारण के लिए तो काग हुसुंडी जी कहे गुरु जी से कि हमको इस नीलगिरी पर्वत पर रहते सत्ताइस कल्प बीत गया इकहत्तर चौकड़ी का एक मनवंतर होता है ना न इकहत्तर चौकड़ी का एक मनवंतर एक चौकड़ी में एक कलयुग एक द्वापर एक त्रेता एक सज्जु ये चार मिलके एक चौकड़ी हुआ तो कलयुग की उम्र जो है चार लाख बत्तीस हजार द्वापर की उम्र आठ लाख चौसठ हजार वर्ष त्रेता की उम्र बारह लाख छियानवे हजार बरस सज्जु की उम्र सत्रह लाख अट्ठाईस हजार बरस इतना मिला के एक चौकड़ी हुआ ऐसे इकहत्तर चौकड़ी का एक मनवंतर चौदह मनवंतर का एक कल्प ऐसे 27 कल्प की बात बता रहे हैं जो रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन है वह सत्ताईसवें कल्प के अपने प्रथम जन्म के कलयुग का वर्ण किए हैं सोचिए वही जो जब कलयुग आ रहा है वो ऐसा ही बरत रहा है जैसा उन्होंने बताया है तो पूरी जीवन पुररचित हो गया कि नहीं हो गया पूरी घटना पुररचित हो गई कि नहीं हो गई तो इसको पकड़ने की बात है समझने की बात है जब ये पकड़ में आने लगेगा समझ में आने लगेगा तो निष्काम निष्काम होने में समय नहीं लगेगा जोगेश जी जब सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो निष्काम होने में समय नहीं लगेगा निष्काम फिर कम अपने आप होने लगेगा इसीलिए हम कहते हैं कि बिरा संसार का ज्ञान हुए न ईश्वर के प्रति समर्पित हुआ जा सकता है न निष्काम कर्म किया जा सकता है बोध के अभाव में उसको एक अभ्यास एक प्रयास कहा जा सकता है कि हम निष्काम कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं ईश्वर के प्रति समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन संभव तभी है जब उसका बोध हो जाएगा एक कलयुग वर्णन सारे मतलब ग्रंथों में है देवी भागवत में है नारद पुराण में है विष्णु पुराण में है इसमें है भागवत पुराण में है रामजित मानस में भी गोस्वामी जी लिखे यह जीवन पूर्व रचित है इसीलिए कह रहे हैं कि नर मरकट अरे जब भगवान के पुरुषार्थ को देख लिया सुग्रीव उसने बाली के वध का संकल्प कर लिए भगवान राम जब बाली के वध का संकल्प कर लिए तो सुग्रीव सोचा कि बाली के वध कैसे करेंगे उसके पीछे कारण लगा हुआ है वो सात सात ताल का वृक्ष था वो सर्पाकार था इसे इसे करके तो कहे कि उसके पीछे कारण उस, उस सर्प ने स्वयं कहा था कि जो इस सातो वृक्ष को एक ही बार से ढा देगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा <coughs> बाली जो है जो किसकिधा में नदी बहती है उसका एक काम था कि रोज उसमें स्नान करना सूर्य को अर्घ देना तो जाते समय उधर पहाड़ी एरिया है, है तो उसमें तार का वृक्षवा ज्यादा पाया जाता है तो तार का फल पाया सात ठो नदी किनारे रख गया स्नान करे स्नान करके भगवान का वो करके पूजा करके तो इसका भोग लगाएंगे जब स्नान करके पीछे लौटा तो उस पर एक सर्प बैठा हुआ था फल रखा आड़ा टेढ़ा हो गया सब उसी पे एक सर्प बैठा हुआ था तो बाली उसको श्राप दे दिया यही फल तुम्हारे शरीर को छेद कर जो है बाहर निकलेगा तो तुरंत जो है ताड़ का वृक्ष बन गया तो सर्प कहा कि जो इसको डहाएगा तुम्हारे मृत्यु का ही कारण बनेगा और जब दुंधवीर धुंधवी राक्षस का जब किया फेंका तो मतंग ऋषि का जहाँ आश्रम था वहां जाके बगल में गिरा उसकी हड्डी तब तो मतंग से श्राप दे दिए जो इस हड्डी का जो ढहा देगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा सुग्रीव ने दो शर्त रख दिया भगवान दोनों सिद्ध कर दिए एक ही बाँध से सरपाकार ताल के वृक्ष को भी गिरा दिए पैर के एक अंगूठे से हड्डी भी ढहा दिए तब तो सुग्रीव को विश्वास हो गया ये परमात्मा है बाली कबंध निश्चित करेंगे तो उसको ज्ञान पैदा हो गया जब ज्ञान पैदा हो तो कहा उपजा ज्ञान वचन तब बोला नाथ कृपा मन लोला सुख संपत्त परिवार बड़ाई सब परिहर करह सकाई ये सब ऐसे ऐसे सब ज्ञान की बात कहा कहते कहते कहा कि कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन रात बाल परम ही जात प्रसादा मिले राम तुम सुमन भी सादा सपने जैसा होए लड़ाई जागा समझत मन सच्चाई जबकि बाली के डर से ही ऋषमुख पर्वत पर आ रहा था वह लेकिन जब उसको ज्ञान पैदा हो गया तो कहा बाली हमारा शत्रु नहीं हो तो मित्र है ठीक हुआ ओष यही ज्ञान की पराकाष्ठा एक तरह से ज्ञान की यही पराकाष्ठा कि जब शत्रु भी उसको मित्र समझ में आने लगे तो जान लीजिए ज्ञान ज्ञान है अगर शत्रु शत्रु समझ में आ रहा है तो ज्ञान नहीं है वह कहीं से उसमें राग दृष्ट छिपा हुआ है तो भगवान जो है बहुत चक्कर में फंस गए क्या शत्रु बताया इसके कहने के अनुसार हमने उसके बध का संकल्प कर लिया अभी ज्ञान छाटने लगा और उसके ज्ञान का भगवान समर्थन भी कहे कि तुम जो कहे वो सब सब सोई सखा वचन में रिखान हुई हे सुग्री तुमने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा सत्य के साथ यह सिद्धांत भी है लेकिन समस्या एक है कि हमने बाली के बध का संकल्प कर लिया है हम ईश्वर हैं हमारी बात मिथ्या नहीं जा सकती तुम जीव हो आज का धर्म है हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमित अज्ञाना कभी ज्ञान की बात करना कभी अज्ञान की बात करना कभी खुशी में रहना कभी दुख में रहना कभी अभिमान में रहना कभी स्वाभिमान में रहना अहंकार में रहना ये जीव का धर्म है तो उसके ज्ञान को आकृष्ट कर लिए कहे जाओ बालिको ललकारो जब ज्ञान उसका खत्म हो गया तो संसारी सामान्य आदमी हो गया तो चल दिया गदा लेकर बाली को ललकारने के लिए जो वार्ता वहां रिसमुख पहाड़ पर हो रही थी सेम वही कथा काघु सु जी गरुड़ जी को सुना रहे थे तो उसके नीचे तुरंत चौपाई आती है नरमकटी सभी नचाओत राम के गेदस गावत हे गरुड़ जी देखो अभी सुग्रीव ज्ञान की बात कर रहा था अब बाली से युद्ध करने जा रहा है बात आपकी थी कर्म प्रधान विस्कर रखा जो जस करे तस थसपल चाखा राम कीन चाहे सो ही करे अर्था अस नहीं कोई तो अब इतना से हुआ कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है ये सारे प्रसंग कहने का उद्देश्य था अब एक तरह से हमको आपको ईश्वर ने एक दोराहे पर खड़ा कर दिया बता हमको आपको बता दिए यह दक्षिण दिशा के तरफ जाने वाली रास्ता समतल है लेकिन यह संजमनी पूरी मृतलोक के तरफ जाती है यह दुखदाई है रास्ता तो सुखदायक है लेकिन इसका परिणाम दुखदायक है यह उत्तर दिशा के जाने तरफ जाने वाली रास्ता या तो रास्ता दुखदाई है उबर खाभर है लेकिन इसका परिणाम सुखदायी हो अब चनलें के लिए तुम स्वतंत्र हो ईश्वर हमको आपको बता दिए हम दोनों रास्ता बता दिए दोनों रास्तों का परिणाम बता दिए अब आपको चलने के लिए हमने विशेष ज्ञान दे दिया विज्ञानमय कोष अब तुम स्वतंत्र हो उस ज्ञान को लेकर अब तुम जहां मन करे वहां जा सकते हो अब इस यह बात कैसे पुष्ट होगी <laughs> नारद जब उत्तराखंड के तरफ गए वहां की सुंदरता देखने के बाद परमात्मा की लीला का उनको याद आ गया नारद को और उनकी तुरंत समाधि लग गई नारद की समाधि लग गई इंद्र का दूध जो है घूम रहा था और देखा तुरंत जाकर इंद्र को खबर किया कि नारद तो समाधि में बैठ गए हैं तो इंद्र को लगा कि नारद हमारे अमरावती पूरी के लिए ही तपस्या कर रहे हैं क्योंकि लोभी लालची आदमी का एक गुण बताए गोस्वामी जी लिखे कि कैसे कि लोभी लालची जो है कौए की तरह हमेशा डरता रहता है तो इंद्र की वही गति है तो उनको था कि कहीं हमारा स्वर्ग हमसे चला ना जाए तो कामदेव को बुलाए कह जाओ नारद नारद की समाधि तोड़ो कामदेव वहां से अपना पूरा समाज लेकर चल दिया आया पहले बसंत ऋतु पैदा किया रंग बिरंगे फूल खिल गए पक्षियाँ चह चहाने लगी त्रिवेद तो पोवन चलने लगी अब्सरायन नृत्य करने लगी सब तो कामदेव सोचा कि अब इनकी समाधि तोड़ देंगे लेकिन उसके आने के पहले नारद की का सुरक्षा को भगवान बना दिए गोस्वामी एक चौपाई लिखे सीम की चाप सकई को उसु बड़ रखवा रमापत जासु जिसकी रखवाली रमापति भगवान स्वयं कर रहे हैं उसकी मेढ कौन तोड़ सकता है उसको कौन डिगाएगा कामदेव सारा कला करने के बाद पसीना से लथपथ हो गया थक गया तब उसको डर पैदा हो गया कहीं ऋषि हमको श्राप न दे दे तुरंत नारद के चणों पर गिर गया जब चरणों पर गिरा तो नारद की समाधि टूट गई तो नारद सोचे कि ओ इसका मतलब हमने काम को जीत लिया तो उसी जगह से पूरा समाज नारद से आशीर्वाद लेके पूरे समाज के साथ स्वर्ग वापस चला गया और वहाँ जाकर मुनि की बड़ी नारद की बड़ी प्रशंसा की भगवान विष्णु को जो प्रणाम किया तो जब समाधि टूट गई तो नारद कहाँ एक जगह स्थिर रहने वाले तो सोचे कि अब इसका जो है खबर भगवान शिव को सुनाना चाहिए क्योंकि वो काम से बचने के लिए कामदेव को उनको जलाना पड़ा यहां कामदेव हमारे चौड़ों में माथा पटक के आशीर्वाद लेकर गया तो पहुंचे भगवान शंकरे की हैं पहले अकेस भाव में जा रहे हैं कहें कि तब नारद गौने से उपाही जीता काम अहमित मन माही हमारे कहने का मतलब काम को दीजिए जीते जीते थे ईश्वर की इच्छा से लेकिन नारद उसको अपना पुरुषार्थ मान लीजिए अज्ञान बस समझेंगे ना समझ तो भगवान की इच्छा है जो करा रहे हैं लेकिन जब जीव परमात्मा की इच्छा को अपना पुरुषार्थ अपना ज्ञान अपना विवेक मान लेता है तो उसी जगह से जीव का पतन शुरू हो जाता है नारद का ये पतन नहीं हुआ भगवान तक को श्राप दिए नारद अब इसी के समानांतर अब लोमस ऋषि काघुसुंडी का प्रसंग है कि लोमस ऋषि का घुसुंडी को भी श्राप दे दिए वहां जब गए तो उनको अधिकारी समझ के ज्ञान की बात बताने लगे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे वह कहे कि नहीं हमको सगुड़ की कथा सुनाइए हम सगुड़ ब्रह्म का पहले दर्शन करेंगे उसकी बात आपकी कथा सुनेंगे तो निर्गुण की बात शुरू करके सगुड़ सगुड़ का बात शुरू करके निर्गुण की तरफ चला जाते चले जाते थे बार बार तो टोक दिया करते थे इसी पर लोमस ऋषि जो है श्राप दे दिए कहे कि सत्य वचन विश्वास ना करे वो आयस विषम से ड्र तुमसे तो सत्य कह रहा हूं उस पर विश्वास नहीं कर रहा कभी एक तो डर रहा है या तुम चंडाल पक्षी हो सट तक चंडाल चंडाला चंडाल पक्षी बन जाओ हो तुरंत जो है उस चंडाल पक्षी बन गए जबकि इनके पास भी सामर्थ था लोमस को श्राप दे सकते थे श्राप मिथ्या भी नहीं जाता लेकिन इनकी एक स्थिति थी कि निष्प्रम मैं देखा है जगत कासन करो विरोध इसलिए उनके श्राप को जो शिकार कर लिए कहे सांप वहां कहे कि तुरंत भयो मैं काग काग उन्नी कह रहे हैं कि तुरंत भयो मैं कागर उन्नी से तब मुनिपद श्रीनाय सुमर सुमिर नाम रघुवंश बड़ी हर्षित चले तो हुआ है कहे तुरंत कौवा हो गया मुनि चढ़ों प्रणाम करके प्रसन्न मन वन से हमने चल दिया जब अपनी आत्मकथा सुनाने लगे तो अपनी आत्मकथा में कहे गरुड़ से कि सुन खगेश नहीं रिश्कस दूसरा, उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मनमत कृपा सिंधु मुन्मत्कर भोरी लीढ़ी प्रेम परीक्षा मोरी हे गरुड़ उसमें रोमस इसी का कोई दोष नहीं है सबके अंदर प्रेरणा करने वाला परमात्मा ही है वह परमात्मा उनके मति को भ्रमित करके वह हमारी प्रेम की परीक्षा ले रहा था भी ईश्वर की इच्छा है यहाँ भी इच्छा है उन्होंने का ईश्वर की इच्छा की इच्छा मान लिया शरीर बदल जाने के बाद उनको कोई दुख नहीं हुआ नारद ने अपना पुरुषार्थ मान लिया शरीर नहीं बदला लेकिन इतना परेशान हो गए कहने लागति नहीं तो हमको आपको दोराहे पर ईश्वर ने खड़ा करके विशेष ज्ञान के साथ हमको आपको स्वतंत्रता दे दी कर्म की प्रधानता दे दी अब हमारे हमारे भाव को हमारे कर्म हमारी इच्छा को आप किस रूप में जिस रूप में आप स्वीकार करोगे उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेगा जी अगर आप उनकी इच्छा को अपना पुरुषार्थ मानते हैं या उनकी इच्छा को अहंकार के भाव में स्वीकार करते हैं पुरुषार्थ के भाव में स्वीकार करते हैं आसक्ति मोह के भाव में भाव में स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार पड़ेगा परिणाम बनेगा और उनके इच्छा को समर्पण के भाव में स्वीकार करते हैं सारणागति के भाव में स्वीकार करते हैं ईश्वर की इच्छा को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार फिर परिणाम बनेगा कर्म दोनों में हो रहा है इसीलिए कर्म प्रधान विष्वर कर राखा जो जश करे सुत फल चाखा आचार्य जी इसे हमारा विचार बताए दिमाग पार कई जगह अटका जी हमको जहाँ तक समझ में आया है तमाम सिद्धांत देखने में पढ़ने में अलग अलग हैं लेकिन सब घुमा फिरा के एक ही बिंदु पाते हैं जी हमको जो समझ में आया अपना विचार हम बता रहे हैं हमारा मेरे अध्ययन नहीं लेकिन फिर भी जो हमको समझ आया, जी ऐसे तमाम प्रसंग देखने में विरोधाभास हैं लेकिन जब कहीं न कहीं से उसका वो करेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा उसमें विरोध नहीं रहेगा अध्ययन के अभाव में ऐसा लगता है जी में ऐसा लगता। जी हाँ तो हाँ हा, कब में बताऊ अह uh.